कलेक्टर के लिए पथरिया विधायक रामाबाई ने जिस तरह भाषा शैली का उपयोग किया वह सही नहीं थी अगर इनकी गलत भाषा शैली को छोड़ दिया जाए तो शायद उन्होंने जनता के हित की बात कही है एसी के कमरे में बैठे ये अधिकारी नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए ही बनाते हैं कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी आम जनता को नियम कायदे के भंवर जाल में इस तरह उलझाते हैं कि व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर काटते रह जाते हैं अंततः आम जनता थक हारकर काम को राम भरोसे छोड़ने को मजबूर हो जाती है वही रामाबाई का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कलेक्टर के साथ चौहान को भी लिया है पथरिया विधायक रमाबाई ने दमो कलेक्टर को अपशब्द कहे जिसको लेकर उनके ऊपर एफ आई आर दर्ज की गई रमाबाई का तरीका भले ही गलत और नियमों के विरुद्ध रहा हो लेकिन उन्होंने बात आम जनता के हित को लेकर कही है आप सोच सकते हैं जब विधायक की बात कलेक्टर नहीं सुन रहे तो आम जनता के प्रति उनका रवैया कैसा होता होगा आम जनता एक छोटे से काम के लिए सालों अधिकारियों कलेक्ट्रेट और तहसील के चक्कर काटती रहती है लेकिन एसी में बैठे अधिकारी बाहर निकलकर जनता की समस्या सुनने की जेहमत नहीं उठाते कई बार नियम कायदों का हवाला दिया जाता है कई तरह के कागज जिसको ऑफिसियल भाषा में डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको लेकर घुमाया जाता है सही काम को कराने के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी फिर नए अधिकारी के चक्कर लगाने को लोग मजबूर हो जाते हैं इस बीच दलालों का गैंग इस अवसर को लपकता है वहीं से घूसखोरी शुरू हो जाती है छोटे से काम को करवाने के लिए आम जनता को कितनी परेशानी होती है इसका अंदाजा शायद ए में बैठे अधिकारी को न हो लेकिन गरीब जनता इस बीच भरपूर पिसती है एक बार फिर विधायक रमाबाई का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कलेक्टर को अपशब्द कहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज को लेकर भी कहा कि मुखिया ने कैसे लोगों को कलेक्टर बना दिया है हालांकि जनता का विधायक को समर्थन भी मिल रहा है जरा भी सुनिये रामाबाई को करो तो नियम की बात, कर। जब भी बात करो कभी भी बात करो किसी भी समय अब बात करो ठीक है मैडम मैं नियम में देख लूंगा अरे नियम के वकील के फकीर हो और इतनी रामान बाद में तो किसी मंदिर में जाते हैं बैठना इधर क्यों बैठने आ गया कलेक्टर ही बन गए और कैसे हमारे मारे भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुखिया जो देखते ही नहीं किन किन भूतों कलेक्टर बना के बिठा दे जिन्हें कुछ पता ही नहीं ना चेक करा लेंगे चेक करा लेंगे बस पता है